अपना सहारा नाइन टू वॉइस न्यूज चैनल समाज सेवियों ने लगाया निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर टी एम यू हॉस्पिटल वरिष्ठ समाज सेवी एस अंसारी जी एवं मोहम्मद अबरार साहब के संयुक्त सौजन्य से आयुक्त लिहोर में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 130 लोगों के आँखों की फ्री जांच की गई तथा 33 मोतियाबिंद के मरीजों में से सत्रह मरीजों को फ्री शुगर ब्लड प्रेशर एवं दृष्टि जाँच के बाद फ्री ऑपरेशन के लिए

एम न्यू हॉस्पिटल भेजा गया मुरादाबाद मंडल का सबसे बड़ा टी एम न्यू हॉस्पिटल वरिष्ठ समाज सेवी एस अंसारी जी एवं मोहम्मद अबरार साहब के संयुक्त सौजन्य से अयुग शादी हॉल गली नंबर एक रेहमत नगर करूला मुरादाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 130 लोगों के आंखों की फ्री जाँच की गयी जिसमे तैतीस मोतियाबिंद के मरीज चयनित किए गए जिनमें ऐसी सत्रह मरीजों को फ्री शुगर ब्लड प्रेशर एवं दृष्टि जाँच के बाद फ्री ऑपरेशन हेतु थी

एम यू हॉस्पिटल भेजा गया शेष मरीज विभिन्न कारणों से नहीं जा सके उनको बाद में हॉस्पिटल आने को कहा गया है जिससे उनकी आंखों का ऑपरे क्षण बिल्कुल फ्री किया जा सके कैंप में मार्केटिंग एग्जेक विकास वर्मा डॉक्टर सना तकरीन, डॉक्टर अर्नब डॉक्टर दीक्षा शर्मा नर्सिंग स्टाफ अंकुल वार्ड बॉय नवाब स्टाफ मौजूद रहा कैंप आयोजक वरिष्ठ समाज सेवी एस अंसारी जी ने बताया की टीम

एम.यू. हॉस्पिटल की मदद से आर्थिक रूप से कमजोर गरीब बीमार लोगों का दवा के खर्चे पर फ्री ऑपरेशन कराना मोतिया का बिल्कुल फ्री ऑपरेशन कराकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कैंप आयोजक अंसारी साहब और मोहम्मद साहब के अलावा सम्मानित साथी बिन मोहम्मद खालिद भाई एक्सपोर्टर जकी परवेज एक्सपोर्टर कमर वारिस मोहम्मद आसिफ कासिम अंसारी मोहम्मद वारिस

हाजी मोहम्मद इसराज साहब मोहम्मद कबीर भाई अशरफ आदि का साथ और सहयोग रहा मुरादाबाद से एम सरताज की रिपोर्ट आ, क्या नाम ना? ना? सा है? साहब, कौन सी सा सा एस का कैम्प है आँखों का गरीब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री जाँचें हैं फ्री ऑपरेशन है जो मोतियाबिंत मरीज हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है

उनका आना जाना खाना पीना चश्मा लें दवाई ऑपरेशन सब फ्री है ये टीएमयू और मेरे और अबरार भाई के साथ संयुक्त तो सौजने से है क्षेत्रवासीियों को तो यही कहेंगे कि हमारे कैम्प पे ज़्यादा ज़्यादा लोग पहुँचें और इस कैम्प का फ़ायदा उठाएं जो पाँच हज़ार से लेकर पच्चीस तक का ऑपरेशन है वो फ्री हम करा देते हैं कितने लोगों का मरीज मरीजों का इलाज किया

अभी लगभग 100 लोगों की जाँचें हो चुकी हैं बाकी अब देखते हैं कैंप अभी है एक डेढ़ बजे तक कितने बजे तक का टाइम है कैंप का कैंप का टाइम है एक बजे एक बजे तक सुबह दस बजे से एक बजे तक और ज़रूरत के मुताबिक तो बढ़ाया भी जा सकता है मेरा नाम विकास कुमार वर्मा है ये टी एम हॉस्पिटल की तरफ से लगाया जा रहा है लगातार कैंप चल रहे हैं मार्केट में जिसके दोबारा यहाँ पर लगाया जा रहा है

ये मोहम्मद अबराज जी के सौजन्ने से और अंसारी जी के स्वाज्य से लगाया गया है ये सही कैंप है कितने लोगों, लोगों का चेकअप अब तक सौ लोगों का चेकअप हो चुका है हमारे यहाँ पर और आइडेंटिफाई कर रही हैं मैडम कम से तो कम तो दस पंद्रह पेशेंट आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं इसके अलावा अभी और भी होने अभी कैम्प चल रहा है टारगेट कोई नहीं टारगेट कुछ नहीं है जितना भी आइडेंटिफाई मैडम करेंगी जो मैडम कहेंगी ले जाने के लिए उनका हम ले जाएंगे और उनका ऑपरेशन हम फ्री करवाएँगे दवाई चश्मा लेंस रहना खाना सब फ्री रहेगा ये टी एम हॉस्पिटल में ही होता है

लगातार चल लगातारू की तरफ से क्या कहना चाहेंगे महानगर वासी को महानगर को ये कहना चाहूँगा मैं कि अपनी आँखों का ध्यान रखें प्रॉपर चेकअप कराते रहें ज़्यादा टीवी ना देखें और आँखों में अगर पानी आता है कुछ होता है तो उसका चेकअप जरूर कराएँ वार्ड पर कौन से ज़्यादा कैंप ये अहमद नगर नंबर एक वार्ड इक्यावन में कैंपिंग हुई है निःशुल्क

आँखों की पूरी कैंपिंग चली है जिसमें मोतिया बिन का फ्री ऑपरेशन चलाया गया है उसमें ऑपरेशन इलाज हर चीज़ निशुल्क है मोतिया बिन की किसकी द्वारा है ये एक हॉस्पिटल के द्वारा है और इसमें हमारे बड़े भाई एस अंसारी साहब हैं और मेरे द्वारा अलहमदिल्ला लगाया गया है और माशाला काफ़ी मरीज़ आए हैं अच्छे खासे मरीज़ रहे हैं और काफ़ी ऑपरेशन के मरीज़ यहाँ पर देखने को मिले हैं और

अच्छी बात यह है कि टी एम की कोई टीम यहाँ पर फुल कोपरेट के साथ काम कर रही है और मरीज़ों को यहीं से